बैक टू माई चैनल कहते हैं आप सबको हाई हो बढ़िया होंगे और आपको गाइज फिर से मिल जाए हैं एक नेक्स्ट वीडियो से हम कल गए थे बारात और अब लौट के आ रहे हैं और आपको आज नए वीडियो में मिलेंगे और एक मस्त वीडियो बनाएंगे और आपके साथ से करेंगे गाइज और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो लाइक करना और नहीं लगता होगा तो डिसलाइक कर देना कोई नहीं प्रवाह है हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे <laughs> और सब इधर इधर